गता प्यारा फकीरा सागता प्यार I'm not your girl. घट में चंदा घट में, में, में सूरज घट में नौ